होल्ड के लिए बुलाना चाहूंगा इस कोचिंग सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर जो मैं आज के को, को होस्ट होंगे तो स्वागत like करेंगे हमारे बारे में बताना चाहूंगा ये जिनके बारे में आज आज इनका नाम भी ऑलरेडी एक पहचान बन चुका है जिनके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है इनका नाम ये बताने की पहचान है आप लोग जिनके नाम से और नहीं जानते हैं मुझे ज्यादा अंग जा बताने का जरूरत नहीं है आप लोग को लो बच्चे से लेकर रह आ रहे हैं मैंने देखा ही नहीं करते हुए मैंने जब से देखा, से देखा, जब से देखा है शायद आप लोग ये, ये पता होगा होगा की खुले नए नए चैपल के उभरे हैं जिनका नाम है बताने का जरूरत नहीं आप लोग के नाम आप लोगों को पता चलता है जिस कोचिंग सेंटर के मैनेजिंग मिस्टर तो मैं चाहूंगा इस कोचिंग सेंटर के जितने भी स्टूडेंट हैं, एक बार स्टैंडिंग थोड़े ऊपर जोर जोर ताल स्वागत करेंगे हमारे मिस्टर लिए तो मैं जाऊंगा सर से अब आप जस्ट डबल राउंड में जस्ट डबल फायर में और आप इस सभा को संबोधित करें बिकॉज़ अभी मैं स्टेज से छोड़ने जाऊंगा छोड़ के जाऊंगा मुझे तैयार होना है बिकॉज़ कोस्ट स्टेज पर परफॉर्मिंग करना है तो मैं सबको माइक देता हूं सर तो ये रहा ग्रैंड वेलकम ड्रको नाइजो साहब को परजे द गोल्डन स्टेज के तौर पर बस मुझा जरूर मोहब्बत सलाम करता हूँ इबादती की तरह काम करता हूँ मेरा सलाम करता हूं। अरे है तो मेरी सबसे बड़ा करता हूं, मैं दुश्मन बड़ा इस बाल करता हूं। हर हूँ अरे तो जिसमें तो है को पूरी में है तो मैं आए हैं कुछ नमस्कार करता हूँ नमस्कार करता हूँ दोस्तों आज मेरे बाबू मृदा तरफ मात्र दस मिनट का ही समय मिला है और मैं आपको बता दूं कि दूंगा खास करके उनके बारे में मैं दो दे लाइन बोलना चाहता हूँ कि अगर हवाए भाई होता तो ये इस भारें भारें होता और हवाए भाई का इतना देर है आज इस को आप लोग देते हैं लेकिन इसका जनवा और ये प्रचार में लोग देख रहे हैं सिर्फ यहाँ को नहीं देख रहे हैं और ऐसा लगता है पास होता है, है। पर धन वाले नहीं होते दे। अरे देशभक्त तो मैंने बहुत देशभक्त पहली बार देखा जैसा जैसी दे दो मैं छब्बीस दे जनवरी में स्टेज पर सुन दिया छब्बीस जनवरी अरे छाते हंसते किसी ने कर ली क्या है टेलर पूरा हैं और मैं बता देता ये जो हम जो पर है। हम हिंदू भाई लोगों लो लो का अलग पर्व है मुस्लिम लोगों का अलग पर्व हमारे लोग आते हुए और इस तरीके से राजा जो उत्तर हैं और हमारे सर हिला जिला हाल शिव कल्याण अधिकारी धर्मस्थल द्राजी सर यहाँ पे उपस्थित हो हैं जो पिछले बार भी आए थे और इन लोगों के मैं आप लोगों को जोरदार जोरदारियों की चाट जाता हूँ क्योंकि आप लोगों लोग के को से आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों के प्रार्थना से आज ये मोदी इतना प्रोग्राम को चला गया है कि आज मैं प्रोग्राम को थी थी। और दूसरी बात मैं यह बता रहा था कि हमारे बेटी भाई लोगों का अलग पर्व होता है और मुस्लिम भाई लोगों का अलग पर्व होता है लेकिन ये ऐसा दर्व है जिसमें कोई सिंपल कास्ट स्पेशल कास्ट फोरवर्ट फाइव वर्ट नहीं है अरे तो ये ये है, सिर्फ यही और पंद्रह अगस्त दो ऐसे जो हिंदुस्तान के है, भी भी है। बाकी पर्व जो है अलग अलग कहा सबसे बड़ा पर्व इतना बड़ा पर्व हिंदुस्तान में दूसरा है नहीं इसलिए ये बहुत बड़ा पर्व है दूसरी चीज मतलब उस मोमबत्ती के है जो स्वयं जलकर दूसरे, दूसरे को बर्वास देता है खुद जलकर दूसरे को बर्वास देता है और टीचर टीचर के अंदर तीन टू सबसे पहला गुड रीडिंग हाई हाई प्लेन रीडिंग गुड रीडिंग यानी अच्छी पढ़ाई में आपके अंदर अंदरकरण होना चाहिए अब ये नहीं की हम राजता अब ये नहीं कि आपके में होना चाहिए आपका पढ़ना शुद्धिकरण होना चाहिए अब ये नहीं कि का अब हाजबेंट हो हम हैंडपंप लीट बैंक वाई फाई हम पाई ऐसा होगा तो सही नहीं है आप लोग होती है अगर, अगर मेरे अंदर नहीं होगा तो अपने बच्चों का लाइफ के लिए नहीं भेजिए इसलिए गुड रीडिंग एक इंच के अंदर सबसे पहला जो होना चाहिए गुड रीडिंग अच्छी पढ़ाई लिखाई चाहिए यानी इंचर के अंदर ये होना चाहिए बच्चे के अंदर जो भी चीज है यानी रीडिंग पावर अंडरस्टैंडिंग पावर स्थिंग पावर पावर टाइम पावरिंग पावर होगा तो आप अतवा हो जाएगा माइंड पावर मॉरिंग पावर पावर ये सब चीज जाएगा। ये चीज टीचर के अंदर है ना, बहुत दूसरी बात ऐसे मैं ये जो काम करता हूँ हर साल ये काम कराता हूँ तो यही मकसद है था था। इसका मकसद यही है की जितने भी छोटे बच्चे दो हैं या बड़े बड़े हैं हर बच्चे जो है स्टेज पे चढ़ कर दो लाइन नहीं बोले क्यूँकी आज इस स्टेज पे चढ़ कर दो लाइन बोलने के लिए बहुत लोग मतलब मतलब पी लेवल के लोग भी हों लेकिन अभी नहीं बोले हो तो वो दो लाइन नहीं बोल सकते इसलिए मैं चाहता हूं कि हर साल ये प्रोग्राम हो, हो और, और सांस्कृतिक कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो अगर ये नहीं हो तो बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने किसी किसी मतलब टेंशन से ग्रासित है उनको पशन दिया इसके लिए बहुत बहुत परेशानियाँ बनाती है सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे समाज के लिए सब कुछ है और मैं आपको ये बता दूं कि यह हिंदुस्तान है यह हिंदुस्तान हमारा फूलों का फूलवास्ता है फुल अगर हिंदू के हाथ में फूल है तो मुस्लिम ही देखू ये हिंदुस्तान है अगर हिंदू के हाथ में जूता है मुस्लिम के हाथ में कुरान है अगर हिंदू के दिल में मतलब ब्राह्मा तो है तो मुस्लिम के दिल में रहमान इसलिए कहते हैं अभी महंगा सा पौधा है बड़ा तो देगा इस देश का बच्चा बच्चा भी हवा का रूप बदल देगा इस देश का बच्चा बच्चा भी हवा का रूप बदल देगा मैं मुस्लिम हूँ ये हम सब प्यार के प्यासे हैं अरे अरे आगे झमझमझूंगा तो उन्हें गंगा जल देगा गंगा जल देगा मेरे मानने के बाद मेरे मोदियों का नाम रख देना कसंद होने भी होने में हिंदुस्तान देना अगर दूध में जगह खाली हो तो गीता तो तो तो तो, तो, तो और स्वभावाली देना आसान के लिए बना वाली के लिए के लिए अरे तो हैं कि मेरा देश है लेकिन हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान ही हमारी जान है अरे अजीजों को क्या नाम हो ये सब तक कहते हैं जाकर देखो वो अंदर को भर में उसके माँ बाप दीदी हिंदुस्तान बनता तो क्योंकि यहाँ पर राम बनता है यहाँ पर रहमान बनता है यहाँ पर हर काम हर जात का इंसान बनता है हर है, तो है नहीं यहाँ हर एक मुस्लिम दिल गया हिंदुस्तान बनता है हिंदुस्तान बनता है हमें